क्रिएशन से कलम तक के कलम सेक्शन में आज की वीडियो है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि मेंस की, की तैयारी कर रहे हैं चाहे वो यूपीएससी के लिए कर रहे हैं चाहे वो बीपीएससी के लिए चाहे फिर यूपी पीसी के लिए रिलेटेड ये वीडियो है जिसमे सिर्फ दो किताबें पढ़ के कैसे आप प्लिटी की पूरी तैयारी कर सकते हैं क्वालिटी में आपको किस तरह से अपने आंसर को अपडेट करना है क्योंकि प्लिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका आंसर अपडेशन मांगता है तो अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से आंसर लिख रहे हैं तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है आपने जो नोट्स तैयार किया ट्रेडिशनल तरीके से वो आपके लिए फुल्ली यूजफुल है आपको उसमें बहुत थोड़ा बहुत अपडेशन करना है किस तरह से उस नोट्स को अपडेट करना है किस तरह से मेंस के आंसर राइटिंग में मेंस के एग्जाम के टाइम में आपको आंसर लिखना है पॉलिटी का और पॉलिटी से जुड़ी और भी जो भी चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या तैयारी से जुड़े जो भी सवाल हैं वो सवाल आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा उसके भी मैं जवाब दे दूँगी तो आज हम लोग की वीडियो पूरी तरह से जीएस के क्वालिटी सेक्शन के बारे में क्वालिटी की किताबें क्वालिटी की तैयारी क्वालिटी का नोट्स और क्वालिटी के नोट्स के अपडेशन से रिलेटेड तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो में दिए गए कंटेंट आपको यूजफुल लगेंगे तो ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में आप वो चीज़ें ज़रूर वो क्वेश्चंस ज़रूर लिखिएगा जिनके आंसर्स आपको चाहिए हो ताकि मैं अगली वीडियो उससे रिलेटेड आप लोग को शेयर कर सकूँ बहुत से स्टूडेंट्स के डिमांड करने पे मैंने ये वीडियो क्वालिटी वाली शेयर की है और आगे भी अभी बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेज आए हुए हैं और भी सब्जेक्ट्स से रिलेटेड तो मैं वो धीरे धीरे सारे वीडियो एनालिसिस करके शेयर करूँगी इसके अलावा क्वालिटी के कुछ वीडियोज़ ऑलरेडी हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर बी उसमें आप उसमें जाकर के देख सकते हैं पॉलिटी का पूरा एनालिसिस जो लोग 64 बीपीएससी मेन्स की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए पूरा एनालिसिस दिया हुआ है आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक पे क्लिक करिए तो चलिए शुरू करते हैं पॉलिटी की पूरी तैयारी कैसे करनी है मेन्स के दौरान सबसे पहले किताबों का सिलेक्शन उसके बाद किताबों को कैसे यूटिलाइज करना है कौन कौन से टॉपिक किस तरह से पढ़ने और सबसे लास्ट में कैसे अपने पूरे नोट को अपडेट करना है तो चलिए शुरू करते हैं अपडेशन और पूरी हम लोग शुरू करते हैं मेरी लास्ट वीडियो आप लोगों ने पॉलिटी पॉलिटिकी देख ली होगी जिसमें मैंने नौ टॉपिक्स बताए जिसमें से नौ में से आठ टॉपिक पढ़ने हैं और आठ में से चार टॉपिक आपको कंपलसरी पढ़ना है टोटल आठ टॉपिक है आठ में से चार टॉपिक आपको 15 डेज में कंपलसरी कंप्लीट करना अगर फिफ्टीन डेज से पहले आप कंप्लीट कर लेते हैं तो कुछ एक आठ टॉपिक और इसमें से कवर कर लें मैं फटाफट से पहले वो टॉपिक्स बता देती हूँ जिन लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके क्लिक करके वो प्लॉलिटी वाली वीडियो देख सकते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो एंड एनालिसिस एनलि के साथ मैंने बताया हुआ और जिन लोगों ने देख लिया उन लोगों के लिए भी मैं फटाफट से एक रिवाइज वो कर देती हूँ चार इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको सबसे पहले कवर करने है निर्वाचन आयोग राजनीतिक गतिशीलता राष्ट्रपति एवं राज्यपाल संविधान में लोकतंत्र और संघीय व्यवस्था इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जैसे कि केंद्र राज्य संबंध मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व तो और प्रस्तावना तो आपको मोटा मोटी इसमें से पांच से छह टॉपिक तैयार करने तो सबसे पहले ये चार टॉपिक तैयार कर लीजिए और इधर से दो टॉपिक और ले लीजिए अगर आप इतना टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो हंड्रेड गारंटी है की आप दो क्वेश्चन बहुत इजिली अटेम्प्ट कर लेंगे अब इसको तैयार कैसे करना इसकी तैयारी में बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे मेरे ख्याल से फिफ्टी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मेंस के टाइम में रिसर्च वर्क में लग जाते हैं और रिसर्च के चक्कर में टाइम वेस्ट हो जाता है तो किताबों का सही सिलेक्शन बहुत जरूरी है और सही सिलेक्शन तभी हो पाएगा जब आप टॉपिक्स का सही सिलेक्शन करेंगे सही एनालिसिस करेंगे उस टॉपिक में से सही क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे तो तभी आप किताब सही चूज कर सकते तो पहले मैं आप लोग को कुछ किताबें बता देती हूँ और किताब बताने से पहले मैं एक बात कम्पल्सरी बता रही हूँ की जो किताबें मैं बता रही हूँ जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन उसी से आते हैं किताब हमेशा बांटने का या लेने का एक तरीका होता है वो मैं पैटर्न आपको बता देती हूँ जो भी सब्जेक्ट की आपको बुक लेनी है मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है उसके तीन सेक्शन होते हैं किताब लेने के जब भी आप बुक शॉप पे जाते हैं तो माइंड में ये तीन बातें किताब को लेने से पहले रखें हैं आपको किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी के लिए एक बेस्ड बुक बनानी है आप बिहार की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक बिहार स्पेशल किताब बनानी है लेनी है और जीएस की तैयारी कर रहे हैं इसलिए आपको साथ में करंट अफेयर्स की किताब मंथली मैगजीन या जो भी वार्षिकांक वो लेना है तो किसी भी सब्जेक्ट की चलिए अब एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ पॉलिटी पॉलिटी के लिए एक बेस्ड बुक अगर आप बेस बुक में पीटी में जो किताब पढ़ चुके हैं वो सिर्फ फैक्चुअल बुक है तो वो भी आपके काम आएगी लेकिन एक आपको ऑब्जेक्टिव नहीं पूरी सब्जेक्टिव एक किताब चाहिए तो जो लोग सुभाष कश्यप किताब पढ़ रहे हैं या जिनके पास सुभाष कश्यप है उन्हें कोई भी किताब लेने की जरुरत नहीं बिकॉज दिस इज अ कम्पलीट बुक I can say this is a complete book. वैसे कोई भी किताब किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए कंप्लीट नहीं होती है लेकिन दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और इस तरह से तैयारी के लिए आपके लिए सुभाष कश्यप इज मोर देन सफिशियंट लेकिन जिन लोगों के पास सुभाष कश्यप नहीं है वो लोग एम लक्ष्मीकांत की किताब ले ले बिहार में बहुत इजिली अवेलेबल है और ये किताब एक तरह गाइड की तरह है जो आपको पूरा अच्छे से कलेक्ट करके दिया हुआ है तो ये दो, आप, दो किताब में से कोई भी एक लेना है बेस बुक के लिए प्लीज मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर जो लोग भी बार मेन्स दे रहे हैं तो इस दोनों किताब लेकर रिसर्च वर्क में अपना टाइम वेस्ट ना करें किताबों का कलेक्शन करके घर में लाइब्रेरी ना बनाएं और सिर्फ एक किताब पढ़ें और बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ और स्ट्रॉन्ग बेस बनाएं क्योंकि आपका बेस ये वो जो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस के आंसर को कवर करता है अब आइए बिहार के लिए बिहार के लिए पीटी में सब लोगों ने पढ़ा होगा तो जिन लोगों ने इम्तियाज अहमद पढ़ा है और जिनके पास इम्तियाज अहमद है उनको बिहार के लिए कोई भी किताब अलग से लेने की जरूरत नहीं है और इसका अगर जिन लोगों के पास इम्तियाज अहमद नहीं है तो वो लोग संतोष कश्यप की किताब आती है बिहार में इजीली अवेलेबल है वो ले लें इसमें बिहार का पॉलिटी बिहार की ज्योग्राफी, बिहार का इकोनॉमिक सब कुछ दिया हुआ है अगेन कि दो में से कोई एक ही किताब लें। करेंट अफेयर के लिए जो भी लोग कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं वो कोई ना कोई एक मंथली मैगजीन लेते होंगे जैसे की प्रतियोगिता दर्पण प्रतियोगिता दर्पण का वार्षिकांक लेते होंगे पूरे साल का जो आता है या कोई भी एक करंट अफेयर्स की मैगजीन आप ले उस मैगजीन में आता है नेशनल न्यूज नेशनल न्यूज आपका कवर करता है पॉलिटी को जियोग्राफी को ये दो सेक्शन को नेशनल न्यूज कवर करता है तो पॉलिटी जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के जो भी नए निर्णय हैं, उस निर्णय को आप सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में ऐड करके अपने आंसर को अप टू डेट बना सकते हैं इसी तरह से राष्ट्रपति से रिलेटेड कोई भी न्यूज आई है तो आप राष्ट्रपति के क्वेश्चन में उसको अपने कंक्लूजन में सिर्फ एक लाइन एक से दो लाइन ऐड करिए तो आपको एक अच्छा मार्क्स मिलेगा उसमें क्योंकि आंसर का मैं हूं कि इंट्रोडक्शन आंसर की जो मेन क्वेश्चन है उसका बॉडी और कंक्लूजन तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ही आपको एक्स्ट्रा स्कोर दिखाता है देता है क्योंकि ये जो आंसर की बॉडी होती है नॉर्मली हर कोई वही पॉइंट्स लिखता है जैसे कि कौन कौन से हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं इसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हर कोई वही मौलिक अधिकार लिखेगा जो मौलिक अधिकार हैं तो इसमें आप किसी भी तरह का कोई बदलाव कर नहीं सकते थोड़ी बहुत भाषा के बदलाव होती है और कुछ भी नहीं तो बट ऑब्वियस की आपको इसको आपका इंट्रोडक्शन दिलाएगा या कंक्लूजन दिलाएगा तो अगर आप इंट्रोडक्शन जैसा मैंने इंट्रोडक्शन के वीडियो में दिया हुआ आप देख सकते हैं मेरे लास्ट वीडियो में 5W1H और भी बहुत सारे हिंस मैंने टिप्स दिए हुए हैं उस तरह से इंट्रोडक्शन लिखते कम शब्दों में एक बेस्ट इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में एकदम अपडेटेड कंक्लूजन कंक्लूजन आपका बेस्ट तभी बन सकता है जब अपडेटेड कंक्लूजन लिखे करंट अफेयर्स के साथ लिखे तो आपको ये एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाता, मार्क दिलाता, मार्क दिलाता है और एक्स्ट्रा मार्क्स मीन आप समझ सकते हैं कि आपको रैंक दिलाता है तो ये हो गया आपका बुक के लिए सजेशन कौन सी बुक लेनी है क्यों ये बुक लेनी है क्यों एक ही बुक लेनी है और क्यों प्लीज बुक्स पे रिसर्च नहीं करना रिसर्च में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना क्योंकि ये जो होता है ये बताने वाले बहुत कम लोग होते हैं नॉर्मली आप लोगों से डिस्कस करने जाइएगा अपने सीनियर्स से जिन लोगों ने सेलेक्ट हो चुके हैं जो लोग या टीचर्स से तो वो लोग यही बोलते हैं ये भी किताब ले लो वो भी किताब ले लो और इन चक्करों में किताब खरीदने और पूरा नहीं पढ़ पाने के कारण कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है की मैंने इतनी किताबें ली थी और मैंने सिर्फ एक किताब पढ़ी तो एग्जामिनेशन और बेसिकली 50% आपके कॉन्फिडेंस का एग्जाम होता है तो प्लीज अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए और वो तभी बन सकता है जब आप सिलेक्टिव किताब सिलेक्टिव टॉपिक्स सिलेक्टिव क्वेश्चंस पढ़िए इसमें कोई भी बुराई नहीं है कि मैंने सिर्फ 10 क्वेश्चन पढ़ के बीपीएससी मेन्स का एग्जाम दिया पॉलिटिक मैंने सिर्फ दस क्वेश्चन तैयार की है यहां पे आपको एग्जामिनेशन में सिलेक्शन लेना है आपको कोई भी यहां और कंपटीशन नहीं है लोगों को नहीं दिखाना है ग्रेजुएशन की एग्जाम की तरह की मैंने दस पेज लिखा एक क्वेश्चन का आंसर या पांच पेज लिखा तो प्लीज कंपटीशन के एग्जाम में अगर आप उतरे हैं तो इन सब चीजों का माइंडसेट पहले से ही बना लीजिए तो मेरे ख्याल से आपको ये बुक लिस्ट चीजें इजिली समझ में आ गई होंगी की बेस बुक में सुभाष कश्यप या फिर एम लक्ष्मीकांत बिहार स्पेशल के लिए इम्तियाज अहमद या संतोष कश्यप मैं यहाँ पे फोकस कर रही हूँ क्योंकि दोनों से एक ही किताब लेनी है करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण या करंट अफेयर्स की कोई भी किताब। अब इसके अलावा सभी लोग आप लोग इंटरनेट का भरपूर इस्तेमाल करते हैं तो इंटरनेट को पॉजिटिव साइड में इस्तेमाल करिए और रात में खाली टाइम में बैठ करके जब आप किताबों को पढ़ते पढ़ते बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते थक गए तो इंटरनेट पे न्यूज पढ़िए और उसको दिन में जो आपने टॉपिक कवर किया न्यूज के लिए मैं आप लोग को सबको एक होमवर्क दे रही हूँ आप गूगल पे जाकर के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पी डॉट नीट डॉट इन टाइप करिए पी आई बी डॉट निकॉट इन टाइप करिए इसका फुल फॉर्म है, ये भारत सरकार की है इसमें आपको दिखेगा। मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ इससे related एक video बना दू ताकि आप लोग को तैयारी करने में आसानी हो इसको कैसे पढ़ना है लेकिन उस video बनाने में थोड़ा time लग सकता है क्योंकि उसके video बनाने के लिए मुझे laptop लेना होगा और मैंने लैपटॉप अभी ऑर्डर किया हुआ है तो वो पूरा डेमो जो है मैं आपको लैपटॉप पे दिखा सकती हूँ बट मेरे ख्याल से आप सब इंटरनेट सर्फिंग में इतना यूज टू हो कि आप इजिली खुद भी कर सकते हो बाकी उसको कैसे उसमें से अच्छे न्यूज को छानना है और कैसे सिलेक्शन करना है वो मैं बताऊंगी बट बत एटलीस्ट आप रीडिंग करने की आदत डालिए तो आज ही जाइए और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो खोलिए उसमें प्रेस रिलीज ऑप्शन में जाइए आपसे लैंग्वेज पूछा जाएगा अगर आप हिन्दी माध्यम से एग्जाम दे रहे तो हिंदी और इंग्लिश में दे रहा है तो इंग्लिश में प्रेस रिलीज पढ़िए उसमें मिनिस्ट्री वाइज प्रेस रिलीजेस दिए हुए हैं तो जैसे आज आपने मिनिस्ट्री वाइज आपको कानून पॉलिटी तैयार करना है तो कानून मंत्रालय खोल लीजिए कानून मंत्रालय में अभी तक पिछले पांच महीने में जितने अपडेट आए आपको पूरा मिल जाएगा इससे ज्यादा आपको बैक डेट में जाने की जरूरत नहीं है मोर देन फाइव मंथ मोर देन सफिशियंट तो आपको पांच महीने का पढ़ना है और उसमें से छाटना है कि कौन सी न्यूज़ सुप्रीम कोर्ट के टॉपिक के लिए हमारे लिए यूजफुल है कौन सी न्यूज़ फंडामेंटल राइट्स के लिए हमारे लिए यूजफुल है या फिर कौन सी न्यूज़ इलेक्शन कमीशन के लिए मेरे लिए इम्पोर्टेंट है ये छाटने का काम आप बेटर कर सकते हो मैं आपको तरीका बता सकती हूँ लेकिन वही बात है कि पक्की पकाई चीज या थाली परसने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि आप खुद भी चीजों को करना नहीं सीखेगा तो ये न्यूज रीड करना सीखिए तो छाटना सीखिए अच्छा ये न्यूज जो है मेरे सुप्रीम कोर्ट के टॉपिक में मैं इसमें कंक्लूजन में डाल दूंगी ये फंडामेंटल राइट्स में जाएगा ये इलेक्शन एले, कमीशन में जाएगा या फिर राज्यपाल राष्ट्रपति प्रेसिडेंट गवर्नर ये सब न्यूज तो आपको ये छाटना है तो सबसे पहले ज्यादा बैकडेट में जाइए मत जाइए आज आप पहले आज का न्यूज पढ़ लीजिए अब आप, आपको टारगेट है कि आज आप आज का पढ़िए और लास्ट मंथ का एक दिन का पढ़ लीजिए बहुत ज्यादा ओवरलोड मत लीजिए रोज आधा घंटा उसको पढ़िएगा आपको चीजें पढ़ते पढ़ते उनकी लैंग्वेज भी समझ में आ जाएगी पॉइंट्स निकालना भी समझ में आ जाएगा पर वो आप ये काम जरूर कर लीजिए आज ही और अभी ही प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो तो अब चलिए बुक लिस्ट हो गई अब बुक लिस्ट के अलावा आगे का स्टेप पढ़ते हैं कि बुक लिस्ट को कहीं कैसे बता दी आपको और बुक लिस्ट का सही इस्तेमाल करने का एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बता रही हूँ कि अपने आंसर को कैसे तैयार करना पॉलिटी में पीआईबी को देखना मत भूलिएगा प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है तो चलिए एग्जाम्पल के साथ बताती है मौलिक अधिकार से क्वेश्चन आए मौलिक अधिकार एवं अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार का वर्तमान स्वरूप और संविधान के मौलिक अधिकार और कर्तव्य कौन कौन से है तो जैसा की आप देख सकते हैं संविधान के मौलिक अधिकार कर्तव्य बिल्कुल ट्रेडिशनल है यानी कि जो मैंने बताया की आपको एक बेस बुक करनी है उससे आपका कवर हो जाएगा मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 19 ये ट्रेडिशनल भी और ये करंट अफेयर्स भी आप इसको अपडेट कर सकते हैं अपने आंसर को संपत्ति के अधिकार का वर्तमान स्वरूप अब एक आपको बेसबुक से पढ़ना है बेसबुक आपका ये हो गया मेरे पास मैंने लिया हुआ एम है, लक्ष्मीकांत सुभाष कश्यप में भी यही सारी चीजें हैं मौलिक अधिकार का चैप्टर आपको निकालना है एक रीड करना है आपको रीडिंग आप मार चुके हैं ऑलरेडी पीटी में तो प्लीज बहुत ज्यादा अपने दिमाग पे जोर डालकर क्यों नहीं आप इतना प्रिपेयर रहिए कि आपको पीटी के सारे फैक्ट्स याद हैं उन फैक्ट्स के हिसाब से एक अच्छा आंसर आप फॉर्मेट कर सकते हैं तो प्लीज बहुत ज्यादा टेंशन लेके पढ़ाई मत करिए पीटी ने आपकी फिफ्टी तैयारी करा दी हमेशा ये ध्यान रखिए इसलिए ये पैटर्न होता है कि पहले फैक्ट याद करा दिए जाते हैं तो आपको ये एक रीडिंग करनी है इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें दिया हुआ संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति ठीक है तो ये एक क्वेश्चन का बेस हो गया आपका आप इससे बेस तैयार कर लिया आपने मौलिक अधिकार का पूरा मूल अधिकार की विशेषता मूल अधिकार कौन कौन से हैं, स्वतंत्रता का समानता का शोषण के विरुद्ध संस्कृति संवैधानिक ये सारे मूल अधिकार है बेस के बाद जैसा की मैं हर वीडियो में बताती हूँ की आपको नोट कैसे तैयार करना है आपको राइट हैंड साइड में नोट तैयार करना लेफ्ट हैंड साइड पेज को छोड़ना है क्यूँकी उसमें आपको करंट अफेयर एड करना है जिन लोगों ने नोट्स बना लिया वो ज्यादा टेंशन ना ले वो लेफ्ट हैंड साइड में एक ए शीट को स्टेपल कर लेंगे और उसको अपडेट कर लेंगे जो चीजें ऑलरेडी तैयार है ऐसा नहीं है कि आपकी तैयारी बेकार जाएगी उसको बस उसको फिर से नए तरीके उसमें ऐड करने हैं अब करंट अफेयर्स कैसे ऐड करना देखिये निजता का अधिकार अब मौलिक अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला ये आपका कंक्लूजन में जाएगा यानी कि आपका आंसर मौलिक अधिकार से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इसको अपडेट कर सकते हैं प्राइवेसी निजता का अधिकार अप मौलिक अधिकार सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है तो आपको अपने आंसर को अपडेट करना होगा क्योंकि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जो होता है वही आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाता है बॉडी जो होती है आंसर की वो हर कोई सेम लिखेगा कि ये ये यही मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं, स्वतंत्रता का समानता को उसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते थोड़ा बहुत आपके भाषा में बदलाव होगा लेकिन अगर आपको रैंक चाहिए एक्स्ट्रा स्कोर चाहिए एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए तो आपके इंट्रोडक्शन आपके कंक्लूजन अपडेटेड होना चाहिए इंट्रोडक्शक्शन बहुत फिक्स लिमिट्स में पर्डिमिट में बहुत परफेक्ट इंट्रोडक्शक्शन होना चाहिए मैंने इंट्रोडक्शन लिखने की वीडियो शेयर की आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें क्लिक करके देख लें इसके अलावा कंक्लूजन जो है वो लास्ट यानी करंट तक अपडेटेड होना चाहिए तो ही वो कंक्लूजन परफेक्ट कंक्लूजन माना जाता है तो इस तरह से करंट अफेयर्स की मैगजीन से आप पहले ही छाट लीजिए और प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में भी देख लीजिए कि मौलिक अधिकार से रिलेटेड कोई न्यूज आई हो लास्ट सिक्स मंथ में या फाइव मंथ में तो उसको अपने लेफ्ट हैंड साइड पेज में बस उसके दो तीन पॉइंट लिख लीजिए बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत नहीं है सिर्फ पॉइंट्स लिखने आपको क्योंकि आपको तैयार में आप करोगे याद नहीं रहने वाला है आपको सिर्फ की वर्ड्स याद रहते हैं और एग्जामिनेशन हॉल में आप अपनी ही भाषा में आंसर लिखते हो तो हमेशा नोट्स को की वर्ड्स और पॉइंट वाइज तैयार करें बहुत ज्यादा पांच छह पेज का नोट्स न बनाए क्योंकि वो बेकार हो जाएगा और एग्जामिनेशन टाइम में आप उसको रिविजन भी नहीं कर पाओगे तो बहुत कम शब्दों में कम पेजेस में नोट्स को बनाए क्वेश्चन पहले क्लियर रहे कि हर टॉपिक से सिर्फ इस क्वेश्चन को कवर करना है और इंट्रोडक्शन पहले एक पेज में लिख लें फिर बॉडी लिख लें और फिर कंक्लूजन और इधर कंटेंट अफेयर को तैयार कर ले बहुत सिंपल वे है नोट्स बनाने का अब है तीसरा सेक्शन बिहार स्पेशल बिहार स्पेशल की किताब मैंने बता दी इससे आपको बिहार के लिए पढ़ लेना है बिहार के कुछ पॉइंट लिख लेना है तो इस तरह से आपने देख लिया कि बहुत की बहुत सिंपल है पॉलिटी की तैयारी सारे क्वेश्चन मैंने प्लीज लास्ट वीडियो मेरा देख लीजिएगा जो का एनालिसिस मैंने किया है और उस एनालिसिस में मैंने सारी चीजें बताई हुई है कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं ये सारा चीज बताया हुआ है तो उसके हिसाब से ये अपना नोट तैयार करिए नोट तैयार करने का एक छोटा पैटर्न मैंने बता दिया है आपको फिर से एक बार रिपीट कर दे रही हूँ आपका नोट्स जो है दो से तीन पेज में होना चाहिए तैयार पहली बात दूसरा सबसे ऊपर आपको टॉपिक लिखना है टॉपिक के नीचे आपको लिखना है उस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं जैसे कि प्रस्तावना से अभी तक पूछा गया है धर्म निरपेक्षतावाद प्रस्तावना की प्रकृति है महत्व प्रस्तावना के दर्शन लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना कैसे है प्रस्तावना में प्रस्तावना से अभी तक जितनी भी बार क्वेश्चन पूछा गया है वो इसी एंगल से पूछा गया तो आपको प्रस्तावना का जो नोट तैयार करना है इसी चार एंगल को करना अगर इससे हट क्वेश्चन आ जाता है तो भी आप उसका आंसर लिख पाएगा अगर आप इस चार एंगल को तैयार कर लीजिएगा तो सबसे पहले आपने टॉपिक लिखा प्रस्तावना प्रस्तावना में सब हेडिंग आपने दे दी धर्म निरपेक्षतावाद प्रस्तावना की प्रकृति महत्व प्रस्तावना के दर्शन और कैसे लोक कल्याणकारी राज्य इसके सब टॉपिक्स लिख दिए चार अब आपको नोट्स तैयार करना है सबसे पहले इंट्रो लिखना है प्रस्तावना के बारे में आप नोट्स में सौ शब्द में प्रस्तावना लिखें क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको पूरी चीजें नहीं याद रह जाती वो फिफ्टी शब्दों में हो ही जाएंगे पचास से साठ शब्द में इसलिए कोशिश करें प्रस्तावना हंड्रेड वर्ड्स में लिखें कैसे लिखना है ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया उसको देख लीजिएगा फिर आंसर का बॉडी लिखे आंसर की बॉडी में आपको वो चार एंगल कवर करने प्रस्तावना की प्रकृति प्रस्तावना में धर्म लोक कल्याणकारी कर राज्य और प्रस्तावना के दर्शन इस चार एंगल को कवर करना और फिर कंक्लूजन लिखें कंक्लूजन में अपडेटेड कंक्लूजन लिखना है तो जो भी आप किताब पढ़ रहे हैं उससे भी कंक्लूजन लें और लेटेस्ट न्यूज अगर आपको recording, उस कुछ अकॉर्डिंग एक दिख रही है तो उसको अपडेट कर लें और लेफ्ट हैंड साइड का पेज हमेशा कॉपी का, का छोड़ दें ताकि आगे भी कुछ अपडेट मिले आपको तो उसमें एड कर लें और लेफ्ट हैंड साइड के एक पेज करंट अफेयर्स के लिए लेफ्ट हैंड साइड का दूसरा पेज छोड़ दीजिए जो आपने पीटी में प्रस्तावना से रिलेटेड फैक्ट पढ़े उसमें से दस फैक्ट्स का कलेक्शन कर लीजिए क्योंकि कोई भी आंसर कंप्लीट करने के लिए आपको पांच से आठ फैक्ट डालने होते हैं जो आपने पीटी में पढ़ा वही फैक्ट आपके इसमें काम आएगी तो इस आठ फैक्ट को आपको डालना है तो आप पीटी के फैक्ट्स को लेफ्ट हैंड साइड के पेज में लिखिए और इधर आपको सारे कंक्लूजन वाली चीजें लिखनी है तो ये छोटा सा मैंने आपको एक टिप दिया नोट बनाने का बाकी इसके लिए कम्प्लीट वीडियो मैं जल्द बनाऊंगी Uh, मैं पूरा रिसर्च करके ही इससे कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ इसलिए मैं थोड़ा लेट हो जाती हूँ वीडियोस डालने में लेकिन जब तक मैं लेट हो रही हूँ आप लोग प्लीज अपनी पढ़ाई स्टॉप मत करिए आप जिस तरीके से पढ़ते आ रहे हैं उसी तरीके से पढ़िए पढ़ने का कोई भी तरीका गलत या सही नहीं होता है सबका तरीका सही होता है सबका बस उसमें थोड़ा बहुत अपडेशन करने की जरूरत है तो आप जिस पैटर्न पर पढ़ रहे हैं वही पैटर्न पर पढ़िए चीजें अगर आपको लेट भी पता चलती है तो आप इसको ऐड कर सकते हैं कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूल